मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक जानकारी देने जा रहा हूं। अभी डीजीईटी ने कुछ समय पहले एक लेडर जारी किया हुआ हुआ था, था जिसमें इन्होंने बोला हुआ था कि सेशन 2019 और सेशन उन्नीस बीस के छात्रों को छूट देकर के पास किया हुआ था अब हम देखेंगे उन्नीस इक्कीस को क्या इन्होंने छूट दी हुई थी सेम वही छूट 2018-20 के लिए भी इन्होंने लेटर जारी किया है अभी हम देखेंगे 3 मार्च 2022 को क्या लेटर था उसमें क्या चीज़ें बोली थी इन्होंने वन टाइम रेगुलेशन ऑफ द रेगुलर बैचेस ऑफ ट्रेनिज पार्टिसिपेट इन दल इंडिया ट्रेड टेस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अंडर क्राफ्ट मैन ट्रेनिंग स्कीम सी रेगुलर अब देखेंगे इन्होंने वन टाइम छूट दी हुई थी ऐसे कैंडिडेट्स को एक बार पैंडमिक की सिचुएशन देखते हुए आप हम देखेंगे किन कैंडिडेट्स को दी हुई थी छूट इसमें में में मैं आपको बताऊंगा ड्यू टू द दैंडेमिक सिचुएशन विद द रिजल्टेड टू फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लासरूम टीचिंग एंड कम्पिटेंट अथॉरिटीड रिलेशन मतलब छूट टू द रेगुलर बैचे सेशन 2019 हजार उन्नीस इक्कीस सेकेंड ईयर ऑफ टू ईर ट्रेड एंड वन ईयर सिक्स मंथ ट्रेड टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब जिन कैंडिडेट्स ने दो हजार उन्नीस में एडमिशंस लिया हुआ था और उनकी ट्रेड दो साल की है मतलब उन्नीस से इक्कीस उन कैंडिडेट्स के सेकेंड ईयर के एग्जाम हुए थे और दो हजार बीस मतलब जिनकी ट्रेड एक साल की थी ऐसे कैंडिडेट्स को ये सारी छूट उपलब्ध तो कराई गई थी अब छूट हम देखेंगे क्या ट्रेनर बिटवीन ट्वेंटी फोर टू थर्टी टू इन ट्रेड थ्योरी सेल बी अवार 33 थ्री मार्क्स एंड डिक्लेयर पास मतलब जिन कैंडिडेट्स के ट्रेड थ्योरी में 24 से 32 नंबर के बीच में आए हुए थे ऐसे कैंडिडेट्स को 33 थ्री मार्क्स दे करके इन्हें पास घोषित कर दिया जाए कर दिया था और कर दिया गया है अब नेक्स्ट दिया है ट्रेनिजीशनिटी तो और जिन कैंडिडेट के वर्कशॉप कैलकुलेशन अपलाइबिलिटी स्किल्स में बारह से सोलह नंबर थे और वे फेल थे ऐसे कैंडिडेट को सत्रह नंबर देकर के इन्हें भी पास कर दिया गया है ये तो हो गई उन्नीस इक्कीस सत्र के छात्रों के लिए और बीस इक्कीस के लिए अब सेम यही कंडीशन जो किया गया है एनसीबीटी ने 2018-20 के लिए ये 19-21 का लेटर था अब देखेंगे 18-20 अब ये 25 मार्च 2022 को एक लेटर जारी हुआ है ये देखिए डेट आपके सामने है इसमें भी इन्होंने यही चीज बोली हुई है अब हम देखेंगे यहां सारी चीजें वन टाइम रिलेशन टू द सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग ऑफ द एनूअल 2018-20 अठारह बीस सेकेंड ईयर ऑफ टू ईर ट्रेड एंड दो हजार वन ईयर या सिक्स मंथ ट्रेड दो हज़ार उन्नीस बीस अंडर क्राफ्टमेंट ट्रेनिंग स्कीम सी रेगुलर अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ बोली है वन टाइम रिलेशन ऑफ द सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग मतलब बैक वाले स्टूडेंट जिनकी बैक लग गई थी जिन्होंने 2018 या 20 में एडमिशंस लिया हुआ था बैक कैंडिडेट की यहाँ बात हो रही है सेकेंड ईयर टू ईयर ट्रेड सेकेंड ईयर में और दो साल की उनकी ट्रेड थी और 19 बीस मतलब वन ईयर की ट्रेड थी 19 में एडमिशन लिया हुआ था उन कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने क्या बोला हुआ है देखेंगे यहाँ पर हम one time relation to the supplementary trainees of annual session 2018-20 second year of two year trade and one year six month trade of session 2019-20 also in the line with the dgdt 101 order 3 march 2022 issued to the regular batches of the session 2019-21 second year of two year trade and one year सिक्स मंथ ट्रेड टू थाउजेंड मतलब कि इन्होंने ये बोला है जिस तरीके से दो हज़ार वाले कैंडिडेट्स को हमने वन टाइम की छूट देकर पास किया हुआ था इसी तरीके से हम सेशन 2018 हज़ार के जिन कैंडिडेट्स की बैक लगी हुई थी वही सेम रूल उन्नीस इक्कीस वाला ही अट्ठारह बीस वाले कैंडिडेट्स के सेकेंड ईयर में जिन कैंडिडेट्स फेल हो फेल हो रहे हैं ऐसे कैंडिडेट्स पर भी ये नियम लागू होगा 18 बीस और 19 बीस देखेंगे क्या बोल रहे हैं ट्रेनिंग विल बी सिक्योर्ड बिटवीन 24 टू तो 32 जिन कैंडिडेट्स के ट्रेड थ्योरी में 24 से 32 के मार्क्स के बीच में है और वो कैंडिडेट फेल है तो उन्हें तैंतीस मार्क करके पास डिक्लेयर घोषित किया जाएगा नेक्स्ट वर्क शॉप कैलकुलेशन और इम्प्लाइबिलिटी में जिन कैंडिडेट्स के 12 से 16 नंबर के बीच में है और वो फेल हैं ऐसी कैंडिडेट्स को सत्तर नंबर देकर के पास कर दिया जाएगा सेम उन्नीस 21 और 18 बीस की दोनों कंडीशन इन्होंने पास डिक्लेयर घोषित कर दिया हुआ है ये आपके सामने ये लेटर है सारी चीज़ें वन टाइम रिलेशन नाट बी टेकन पेंडमिक इन फ्यूचर ये एक बार ही छूट दी जा रही है नेक्स्ट टाइम में किसी तरह की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी ये पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने कैंडिडेट बैक कैंडिडेट को भी पास करने का फैसला ले लिया हुआ है और इनका रिजल्ट भी घोषित कर दिया हुआ है जिन कैंडिडेट्स ने रिज़ल्ट नहीं देखा है वह अपना रिजल्ट देख सकते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को पास किया गया है जो कि ई प्रैक्टिकल में पास हैं ऐसे कैंडिडेट को ही वन टाइम की छूट दी गई है ये ना समझे कि वह ई प्रैक्टिकल में अगर फेल हैं तो वह फेल ही रहेंगे जो कैंडिडेट ई प्रैक्टिकल में पास हैं और ट्रेड थ्योरी या वर्क फ्रॉप कैलकुलेशन में फेल हैं ऐसे कैंडिडेट्स को ही छूट दी गई है यहाँ पर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो